ज्यादा और वक्त से पहले कुछ नहीं होगा भैया तुझे तो पता माँ क्या कहती थी कहती थी बेटियों की शादी कराने के लिए महादेव खुद आते हैं इस राम ने चोच दिए वही दाना भी मेहंदी लगी लगे दुल्हन सजेगी छुपा के तेरा भाई हसेगा को कांधा देगा कहेगा तेरे साथ हूँ मैं तेरे साथ हूँ मैं तेरे साथ हूँ मैं तेरे साथ भोले भाले से खिलौने बुलाए गुड़िया किसी शादी रचाए बचपन की बातें यादों में आए आतग्रियों के मासम बताए मेहंदी लगी थी सजी थी मेहंदी लगेगी सजेगी आंसू छुपा के आई हसेगा डोली को देगा और ये कहेगा तेरे साथ हूँ मैं तेरे साथ हूँ मैं तेरे साथ गो मैं तेरे साथ गो मैं